उसका सपना था कि हर एक काम इंसान भी स्पेस की शेयर कर सके वे सस्ते कमर्शल स्पेस विजिकल बनाना चाहता था इसके लिए वे अपनी कमाई का 70 परसेंट पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था स्पीस एक्स लेकिन शुरू में तीन रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमोसफेयर में तबाह हुए तब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज में बिलीव नहीं करते तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए वक्त उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसने कहा कि आई विल ने तब सिर्फ उसके पास इतना ही पैसा बचा था जिससे वो फोर्थ रॉकेट लॉन्च कर सकता था पर अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती उसे अपने आइडिया पे बिलीव था फाइनली उसका फोर्थ रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल हो गया और उसके बाद नासा ने उसे 1.6 मिलियन का डॉलर का इन्वेस्टमेंट दिया उसका नाम लॉन्क यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फिर मिलते हैं नए वीडियो में साथ